नमस्कार साथियों मेरा नाम सुनील है और मैं झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव बिगोदना से बिलोंग करता हूं साथियों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मुझे बहुत खुशी हो रही है मुझे बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं कि मैं इस ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूं और आज आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ जान रोचक जानकारी जो मिलने वाली है वो क्या क्या है चार पांच पॉइंट है आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो पॉइंटों को देखना चाहिए सुनना चाहिए आपकी लिए आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है भाई ना तो मेरे लिए ना इस वीडियो के लिए ना किसी और के लिए लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं ये चीज़ जानने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं उसके लिए एडवांस में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे यही कहूँगा अगर आपको पसंद आए तो अपने किसी भी रिश्तेदार रिलेटिव जान पहचान वाले को ये जरूर शेयर करें क्यों क्योंकि आपकी मदद हो सकती है कहीं ना कहीं उनको जरूरत हो तो उनकी भी मदद हो जाए मेरा यही मानना है मैं आपसे यही कहूँगा आप अपनी लाइफ में जिस किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आज वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला आपको ज़्यादातर करके उन लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लेट मौका है जिनका वजन ज्यादा है और वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं मतलब कहीं घूम नहीं सकते फिर नहीं सकते तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट मौका है इस वीडियो को लास्ट तक देखें मैं जिन्हें इनवाइट करने वाला हूँ वो मुंबई से बिलोंग करती हैं और इस प्लेटफॉर्म में पिछले दो साल से वर्क कर रही है और वो उनको भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है था उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनकी वो प्रॉब्लम दूर हुई और आज वो अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रही हैं तो मैं ज्यादा देर ना लगाते हुए इन्वाइट करता हूँ आइए में मिस शीतल मैम आपका स्वागत है आप आइए और ज्यादा देर ना करते हुए हमारे साथियों को क्विकली जानकारी देना स्टार्ट करें आइए मैम आइए वेलकम मैम वेलकम हाँ जी फ्रेंड्स रिप्लाई करिए क्या ये स्लाइड क्लियर है ओके ठीक है ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू देखो आज हम आ, काफी सारे डिस्कशंस करने वाले हैं वेट मैनेजमेंट को लेकर वेट मैनेजमेंट बेसिकली है क्या करना क्यों चाहिए कैसे होता है वेट मैनेजमेंट और किस किस तरह की मिथ होती है वेट को लेकर जब हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती तो आज हम उन सब चीजों पर बात करने वाले हैं एंड वेट मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है देखो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आनी शुरू हो जाती है हमारा वेट सही तरीके से मैनेज नहीं है तो सो so, आज हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं देखो ये एक आ... ये जो लाइन है ये डब्ल्यू की लाइन है ये उनकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी कि भूखमरी से इतने लोग नहीं मरते जितने लोग ज़्यादा खाना खाने से मरते हैं बड़ी ही वो कहते हैं ना ये एक डिफरेंट टाइप की लाइन है नॉर्मली जो हम देखते हैं कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है या भूखे हैं गरीब है इसकी वजह से उनकी डेथ होती है लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली आदर वे राउंड है कि जितने लोग भुखमरी से नहीं मरते उतने से लोग मरते हैं डेथ होती है ज्यादा खाना खाने से राइट सो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं हम जब अपनी आ, हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं ना बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना वेस्ट ऑफ मनी है कि हम अपने पैसों को वेस्ट कर रहे हैं जिम जिम में जा रहे हैं अच्छी खाना खा रहे हैं सेहतमंद खाना खा रहे हैं, रहे हैं फ्रूट्स खा रहे हैं वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है इससे अच्छा कि हम अनाज लेकर आ जाए बाकी चीजों पर डाल दें आ, कहीं पर इन्वेस्ट कर दें कहीं पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें कहीं रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दें लोगों के मन में ये रहता है एंड माय uh, सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। और जो सही इन्वेस्टमेंट जो जो हमारी हमारी अपने आप पर है वो है वो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंस नहीं है ये बिल्कुल भी ये आपको लॉन्ग टर्म में गेन ही देगी वो कहते हैं ना कि ये आपका एक ऐसा एक एक ऐसा एक एक्सपेंस है जो आपको एनी टाइम ऑफ लाइफ सिर्फ आपको रिजल्ट ही देगा कभी भी आपको बैक रिजल्ट नहीं देने वाला है सो so, ये चीज को माइंड से निकालो कि हेल्थ के लिए जो आप अपने आप पे खर्च कर रहे हो अच्छा दिखने के लिए देखो हम अच्छा दिखने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक चीजें लेते हैं क्रीम लगाते हैं अच्छी अच्छी तरह के अच्छा च... खाना खाते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छे दिखते हैं अच्छे बैग अच्छे पर्स बाल अच्छे कटे होने चाहिए इन सब चीजों पे ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देते हैं ग्रूमिंग इज हैंटेंट डेफिनेटली वो हमारी पर्सनालिटी को इनहांस करता है लेकिन ग्रूमिंग के साथ जो हमारी इंटरनल बॉडी की हेल्थ है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है वो कहते हैं ना कि लाइफ हमारी हेल्दी होनी चाहिए और लॉन्ग long, जो लाइफ की है वो हमारी बढ़नी चाहिए टाइम जो ना लाइफ स्पैन वो हमारा बढ़ना चाहिए हेल्थी तरीके से सो वो तभी बढ़ेगा जब अपनी लाइफ में अपने आप के ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए सो जब हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वेट की बात कर रहे हैं तो कुछ ये कुछ सेलिब्रिटीज है जिनको हम सब जानते हैं आप देखो इनका भी जब ये यंग थे जब इनको केयरलेस तो एक होता ना एक, एक फेज ऑफ लाइफ होता है जब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते बिल्कुल केयर फ्री रहते हैं बिल्कुल उस वक्त इनका भी वेट जाता था लेकिन इन्होंने भी अपने आप को कंट्रोल किया है और आज देखो कंप्लीटली चेंजड है कई बार हमें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है ये लोग तो पहले से ही सब कुछ मैनेज कहते हैं ऐसा नहीं होता है हम बात कर रहे हैं कि ये हेल्थ जो हमारी है ये हमारे हाथ में है क्या हम किस तरीके से इसे एनहांस कर सकते जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, सबसे जो बेसिक चीज जो आती है माइंड में सबसे बेसिक अगर मैं बात करूं वो है कि हमें कम से कम हमें पता होना चाहिए कि ये बीएमआई होता क्या है बीएमआई का मतलब ये है कि ये एक कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को आप गूगल पे लाइव भी कर सकते हो गूगल के ऊपर सिर्फ आपको टाइप करना है बीएमआई कैलकुलेशन और वो आपको कैलकुलेटर दिखाएगा कि आपकी हाइट बॉडी के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए उस हिसाब से फिर आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो सो कॉल्ड एज बीएमआई और ये एक रेशो है आपको पता चलता है कि आपका वेट ओवर है आपका ओबेसिटी है या आप सेकेंड स्टेज सेकेंड डिग्री ऑफ ओबेसिटी में हो या थर्ड डिग्री ऑफ ओबेसिटी में हो कई लोग अंडर भी होते तो अंडर का क्या है वो भी हम उससे जान सकते हैं सो बीएमआई इज इंपॉर्टेंट हर एक पर्सन को अपना बीएमआई पता बताना महसूस हो सकता है शायद आप चार या पांच किलो आपका वेट एक्सेस हो तो आप उसे भी मैनेज कर सकते हो नेक्स्ट अगर हम बात करें मिथ्स की और फैक्ट देखो बहुत सारी ऐसे मिथ और फैक्ट हैं जो जब हम वेट की बात करते हैं या जब हम वेट मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं अपने लिए तो ये चीजें सामने आती है ये लोगों को कई बार कुछ चीजें ऐसी है कि लोगों को बताया जाता है कि भाई ये तो फैक्ट ही है और कई बार कुछ चीजें ऐसी है जो सचमुच मिथ है मिथ का मतलब यही है कि जो चीज सही नहीं है जो रॉन्ग है फैक्ट का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट अगर हम बात करें ठीक है अगर हम मिथ की बात करें तो जैसे लोग कहते हैं कि कि एक्सरसाइज लीड्स टू वेट लॉस कि अगर हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा वेट लॉस होता है अब ये जो हम फैक्ट uh, लॉसिव करो या तो एफ टाइप करो ओके okay? so से वेट लॉस में हेल्प होती है या भूखा रहने से कम खाने से डू यू फील ईटिंग लेस इज इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस क्या लगता है आपको ये चीज मिथ है या फैक्ट है हाँ जी फ्रेंड्स जल्दी जल्दी बताइए ताकि हम आगे बढ़े फिर बिकॉज क्या होता है ना कुछ चीजें हमारे माइंड में इस तरीके से बैठाई जाती है कई बार हम रॉन्ग वीडियोस देख लेते हैं रॉन्ग इंफॉर्मेश किसी पर्सन uh, किसी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है देखो कुछ कुछ एक्टिविटीज करने से आपको शॉर्ट टर्म गोल तो जरूर मिल जाएगा लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं देखो हम यहां पर बात कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट की हम वेट लॉस की नहीं बात कर रहे हैं यस yes, बिल्कुल तो हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है हमें सिर्फ वेट लॉस पे ध्यान नहीं देना है लेकिन लॉस के बाद हमारा वेट कब तक वो वही लेवल पे मैनेज रहता है डैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग और वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है एंड बिलीव मी जहां पर एक्सरसाइज सिर्फ एक्सरसाइज से या एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है ये बिल्कुल गलत है सिर्फ उससे वेट लॉस नहीं होता या सिर्फ खाने से हम सिर्फ खाने के ऊपर मतलब जो कहते हैं ना कंप्लीटली हंगर पे चले गए खाना खाना बंद कर दिया है कंप्लीटली कम कर दिया है उससे वेट लॉस शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए आपको जरूर मिल जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉडी के अंदर बहुत सारी डेफिशेंसीज हो जाती है बहुत सारे हमारे स्किन प्रॉब्लम्स होती है और इंटरनल बॉडी हाइड्रेशन इश्यू बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से इट इज नॉट गुड सो ये एक मिथ है कि सिर्फ आप एक्सरसाइज करते रहो और वेट लॉस हो जाएगा हमें बैलेंस लेके चलना है दोनों का हमें डाइट का बैलेंस एंड राइट प्रपोर्शन ऑफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी डिपेंड करती है क्या कर रहे हैं और कितने कितने बजे कर रहे हैं मतलब हमारा टाइमिंग क्या है एक्सरसाइज का ये सारे अगर सही तरीके से हम मैनेज करते हैं तो ही हम प्रॉपर वेट लॉस कर सकते हैं और अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को लेकर बहुत सारी बातें आती है कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं जिसके अंदर दाल आते हैं चावल आते हैं जिसमें रोटियां आती है ब्रेड्स आते हैं और कुछ फ्रूट्स भी जिसमें होते हैं कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट का बड़े आ, अगर हम जिम वगैरा में जाते तो बहुत ही पॉपुलर लाइन है कि क्या काप बंद करो काब का मतलब हुई कार्बोहाइड्रेट सो आप मुझे बताइए लिखकर कि कार्बोहाइड्रेट बंद करने से कार्बोहाइड्रेट कैन मेक यू फैट कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या आप फैट हो सकते हो हाँ जी बताइए ये yes या नो ये मिथ है कि फैक्ट है जल्दी बताइए एम या एफ टाइप करिए जल्दी जल्दी बिल्कुल बिल्कुल ये ये भी एक मिथ है देखो हमारी ब्रेन को जब हम ब्रेन की बात करते हैं हमारे ब्रेन को काप चाहिए हमारे ब्रेन को एक्टिवली एनर्जी चाहिए और जो एनर्जी बॉडी को जो होती है वो काब से मिलती है काब का भी एक प्रमाण होता है कि हम क्या खा रहे हैं अगर काब के अंदर हम ये मैदा वगैरह खा रहे हैं ब्रेड्स खा रहे हैं तो वो डेफिनेटली इट इज नॉट गुड लेकिन अगर हम देखो जैसे अगर हम फॉरन डाइट्स देखते हैं बाहर की जो डाइट्स वगैरह होती है जो हम कई बार यूट्यूब के वीडियोज होते हैं गूगल पे होते हैं हमें डाइट्स मिल जाती वहां से तो वहां पर वो लोग काब के लिए मना कर करते दे। देखो हमारा इंडिया का जो स्टेपल डाइट है जो स्टेपल फूड है वो हमारे चावल है दाल है रोटियां है ठीक है हम इस का प्रमाण कम कर सकते हैं लेकिन इसको बंद करना इज नॉट गुड फॉर आर हेल्थ बिकॉज हमारी बॉडी को बिकॉज हर एक रीजन जिस जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं जिस रीजन ऑफ वर्ल्ड से हम बिलोंग करते हैं उस तरह की हमारी बॉडी हो जाती है जैसे साउथ इंडियन है वो राइस ज्यादा खाते हैं नॉर्थ इंडियंस है वो रोटी पराठा ज्यादा खाते हैं बिकॉज ये उनका स्टेबल डाइट है अगर हम किसी का स्टेबल डाइट को ही बंद कर देंगे तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है एंड काब से अगर हम काब में भी हमें मैनेज करना है तो ये जो बात है ये है कि काब खाने से हम मोटे होते हैं काब को हमें मैनेज करना है अगर आप रात को सोने के टाइम पे हैवी खाओगे बर्गर्स खाओगे ब्रेड्स खाओगे तो डेफिनेटली वो आपको फैट्स में कन्वर्ट होगा लेकिन यही चीज अगर हम मॉर्निंग में खाते हैं जब हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी होती है दिन भर हम एक्टिविटीज करने वाले होते तो हम जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट भी हो रहा है सी, हमें इक्वल प्रोपोर्शन लेके चलना है कि जितना हम खा रहे हैं वो दिन भर में कैलोरीज बर्न भी हो रही है सिर्फ खाने से ही नहीं लेकिन इक्वली कैलरीज बर्न हो रही है तो उनका जो दोनों का प्रपोर्शन है वो सही मात्रा में होना चाहिए जिसकी वजह से हम इजिली फैट लॉस भी कर सकते हैं फैट को और ना, आ, हमारी वेट को मेंटेन भी कर सकते हैं नेक्स्ट अगर मिथ की हम बात करें वो होता है रिफाइंड ऑयल अभी राइट ना बहुत पॉपुलर चलती है चीजें बड़े अजीब अलग अलग तरह के ऑइल टी वी में आते हैं और कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल है राइट सो फ्रेंड्स आप बताइए क्या रिफाइंड ऑयल हमारी बॉडी के लिए अच्छा है जल्दी बताइए फैक्ट है या मिथ है क्या हमारी बॉडी के लिए रिफाइंड ऑयल अच्छा है सबसे पहली चीज होती है रिफाइंड ऑयल की जब हम बात करते हैं हमें ऐड में जैसे चीजें दिखाई जा रही है उसको ना देखते हुए उसके प्रोसेस को देखना है कि ये ऑयल बनाया किस तरीके से जाता है ये ऑयल जो है ना बड़े ही हाई हीट में बनाया जाता है, है। रिफाइंड ऑयल हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बिकॉज बहुत हाई हीट में बनाया जाता है और जब हाई हीट में बनाते हैं तो इसका जो नेचुरल स्मेल है जैसे मस्टर्ड है तो मस्टर्ड की स्मेल उड़ जाती निकल जाती स्मेल फिर ये क्या करते हैं आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एड करते हमें ताकि हमें मस्टर्ड की तो स्मेल उस उसमें, उसमें ऐसे केमिकल्स ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉपर वो ऑयल की स्मेल आने लग जाती है सो रिफाइंड ऑयल इज नॉट गुड बिकॉज ये बहुत ज्यादा हाई हीट पे ओवर हीट करके बनाया जाता है सो so, यह हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है नेक्स्ट अगर बात करें घी देखो आ, जैसे हम आजकल के यंगस्टर्स को देखते हैं तो जब वो डाइट पे आते हैं या डाइट करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट थिंग वो लोग क्या करते हैं घी से दूर भागते हैं उनको लगता है कि तेल खराब है तो घी भी इक्वली खराब होगा हमारी बॉडी के लिए घी से दूर भागते हैं देखो ऐसा नहीं है ये मिथ है घी बिल्कुल हमारे लिए खराब नहीं है घी हमारी बॉडी में एनर्जी देता है हमारे बोन्स को जो जो लचीलापन चाहिए जो ऑयल चाहिए नेचुरली वो सारी चीजें घी से मिलती है घी एक अच्छा सब्सिट्यूट है हाँ लेकिन अगर आप घी किस तरीके से ले रहे हो जैसे मिठाइयों में है वो सही नहीं है लेट नाइट ओवर घी करके खा रहे हो तो वो सही नहीं है घी इज अ गुड थिंग आपको लेना चाहिए और एक सही तरीके से हम रोटियों में घी लगा रहे हैं दाल चावल में आपने किया है, घी एक अच्छी चीज है घी गलत नहीं है सो so ये भी एक मेथ है जैसे वेट लॉस में घी कंप्लीटली बंद कर देते तो ऐसा नहीं करना है घी हमारी बॉडी को चाहिए अपने लिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक मार्केट में ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स राइट जो छोटे छोटे डब्बों में आती है एंड uh, अलग अलग नाम से आती है स्टीविया के नाम से आती है अलग अलग नाम से आती है सो so, ये जो चीज है ये uh, ये आर्टिफिशियली बनाई गई है ये नेचुरली नहीं बनाई गई है देखो एक्चुअली देखा जाए uh, तो हमारी बॉडी को शुगर की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी बॉडी को शुगर मिल जाती जब हम रोटियां खाते नेचुरल ग्लूकोज उसमें हम चावल खा रहे हैं हम आलू खा रहे हैं ठीक है बिकॉज हमारे इंडियन डाइट में आलू भी एक अच्छी क्वांटिटी में होते हैं तो ये सब चीजों से और फ्रूट से तो हमें ऑलरेडी नेचुरल स्वीटनर मिल रहा है तो हमें एक्स्ट्रा स्वीटनर की जरूरत नहीं होती है लेकिन जब किसी को डायबिटीज होती है या किसी को मीठा खाना बंद करना है डॉक्टर मना करते तो ये बॉटल्स को रिकमेंड कर देते हैं कि ये आप डालिए एंड ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है ये बहुत ज्यादा स्वीटनर होती है मतलब एक टेबलेट आपको एक चम्मच की शुगर की आपको प्रमाण कंप्लीट करती है तो ये बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई है और इसको खाने से बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो भी स्पॉइल होते हैं हमारी बॉडी में ये ग्रुप हमारी बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है वो भी, भी खराब होता है तो ये जो स्वीटनर है ये हमें नहीं लेना है आर्टिफिशियल स्वीटनर इज गुड फॉर वेट लॉस नो आई विल नॉट सपोर्ट इज एट ऑल ये बिल्कुल हमारे लिए अच्छा नहीं है इनफैक्ट लोग जब मैंने कुछ रेसिपीज भी देखे हैं टीवी पे जहाँ पर वो गाजर का हलवा बना रहे हैं खीर बना रहे हैं और उसमें ये स्वीटनर्स डाल रहे हैं और प्रमोट कैसे कर रहे हैं अपने वीडियोस को कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए के लिए मीठा कि डायबिटिक गाज, पेशेंट गाजर का हलवा कैसे खाएंगे तो अभी अभी डायबिटिक पर्सन है उसका सालों से गाजर का हलवा खाना बंद है तो वो पर्सन को तुरंत वो चीज़ स्ट्राइक करती है अच्छा इससे मैं खा पाऊंगा वो ऑर्डर करते वो मंगवाते पर वो एक्चुअली उनकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है सो अंडरस्टैंड दिस थिंग की ये अच्छे नहीं है अगर आपको स्वीटनर को रिप्लेस करना है शुगर को रिप्लेस करना है आप हनी से कर सकते हो आप गुड़ से कर सकते हो किसी फूड में डाल जहां पर गर्म करना है आपको वहाँ पर आप गुड़ का यूज कर सकते हो गुड़ की चाय बना सकते हो एंड बिलीव मी कोई डिफरेंस नहीं आता है चाय बहुत अच्छी बनती है गुड़ की चाय एंड uh, जहां पर आप ठंडी चीज पी रहे हो जैसे मिल्कशेक है जूस है उस फॉर्म में अगर आप ले रहे हो आप वहां पर हनी को हनी को ऐड कर सकते हो तो वहां पर आपका फ्लेवर भी मिल जाता है आपको हनी का एक और आपका एक अच्छा सब्सिट्यूट है शुगर को अगर आपको बंद करना है तो सो so, आप नेचुरल चीजें की तरफ जाइए जो पैक Food है, हम नेचुरल चीजों पर जाए अब हम बात करते हैं कि वेट लॉस के लिए क्या क्या हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आते हैं अगर हम वेट की तरफ ध्यान ना दे तो देखो वेट जैसे मैंने शुरुआत में सेशन की शुरुआत में कहा था कि वेट मैनेज सिर्फ हमें अच्छा दिखने के लिए ही नहीं लेकिन हमें बहुत सारे हमारी जो हेल्थ इश्यूज है उसको मेंटेन करने के लिए भी करना है एंड आज की डेट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज की जो लाइफस्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं आ, एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ स्टाइल हम कंप्लीटली एक हमारे काम में एक कहते हैं ना एक रोबोट की तरह हम तो, हमारे काम में बंधे हुए हैं सुबह से शाम तक हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है देखो हम पैसे कमा रहे हैं अपने लिए लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है अपने आप के बारे में और अपनी हेल्थ के बारे में सोचने के लिए सो गाइज वेट मैनेजमेंट सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं अच्छा दिखना इज अ प्लस पॉइंट वो आपका एड ऑन प्लस पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ है कि हमारी इंटरनल हेल्थ कैसी है राइट right? तो अगर हम बात करें तो ये अगर हमारा वेट ज्यादा है अगर हमारा अगर हमारा वेट सही तरीके से कंट्रोल में नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा जिसे हम कहते हैं डिफेंस सिस्टम हमारी इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा फैट कलेक्टेड है एंड बॉडी जो है ना वो अपनी एनर्जी लगा रही है जितना लगाना चाहिए उससे कई ज्यादा अपनी एनर्जी लगा रही है उस फैट को बर्न करने के लिए अब बॉडी के अंदर कोई नई इंफेक्शन आ जाए कोई नया प्रॉब्लम बॉडी के अंदर कोई वायरस आ जाए सो बॉडी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ये फैट को बर्न करूं या इस इंफेक्शन से फाइट करूं। राइट right? आप समझ रहे मेरी बात को तो ये दो चीज को मैनेज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है जिसकी वजह से आप देखो जो भी पर्सन ओबैस रहते हैं ज्यादा वेट जिनका होता है उनके अंदर बॉडी में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कुछ, कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है रीजन यही है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं एंड ये हमारा प्राइमरी गोल होता है कि हर पर्सन का डिफेंस सिस्टम जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं कि वो सबसे पहले अच्छी होना चाहिए स्पेशली इस वक्त में जो अभी हमने डेढ़ दो साल So, ये हमारी जब हमारा वेट सही से है, के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम चलती है और हमारी बॉडी सब तरफ ध्यान देने की वजह से इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक होने लग जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो so, ये भी एक इंपॉर्टेंट uh, फैक्टर है कि Uh, हर 10 किलो अगर आपकी बॉडी में जितना ज्यादा वेट है हर 10 किलो ज्यादा अगर आपकी बॉडी में है वो आपकी लाइफ स्पैन को तीन साल कम कर देता है अब सोच के देखो कोई भी इंसान आई डोन्ट थिंक सो में से कोई भी पर्सन ऐसा होगा जो कहेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे अगर हमारी जल्दी डेथ हो जाती है राइट एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव अ गुड हेल्दी लाइफ एवरीबडी वॉन्ट्स टू बीव विदली जितना उनके हाथ में है उतना लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है आपकी थ्री ईयर्स से लाइफ स्पैन कम हो जाते हैं और ये मेरा कहना नहीं है ये डब्ल्यू का कहना है राइट right? तो so, ये ये ये चीजें भी हमें देखनी है कि, कि किस तरीके से हम एक हेल्दी लाइफ जिए और एक वो कहते हैं ना हमारा लाइफ स्पैन कैसे बेटर हो और वो तभी बेटर होगा जब हम एक अच्छी लाइफ हेल्दी लाइफ जी रहे तो हमारी ओबेसिटी की वजह से हमारी किडनी के ऊपर फर्क होता है बिकॉज ऑब्वियसली हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं जिस वजह से हमारी ओबेसिटी आ रही है वो जो प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है वो किडनी के ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसकी वजह से किडनी डिजीजेस आज के डेट में बहुत कॉमन है हर मतलब आप आ, हर दस दस परसेंट के बाद अगर हम किसी को देखेंगे तो कुछ ना कुछ किडनी को लेकर इश्यू है या किडनी को लेकर प्रॉब्लम है किडनी के स्टोन्स है डायलिसिस पे है इस तरह की इशू है तो लॉन्ग टर्म में जो ओबेसिटी है वो हमारी किडनी डिजीजेस को बढ़ाने का काम करती है सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट हमारा है कि ये आ, के अंदर जो प्रॉब्लम आती है फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है आ, बच्चे नहीं हो रहे हैं और सही तरीके से पीरियड आईकल नहीं है इसका भी रीजन ओबेसिटी है बिकॉज जब भी अगर बॉडी की बॉडी का वेट ज्यादा है ठीक है अगर बॉडी का वेट ज्यादा है तो हमारे हमारा जो पीरियड स्पैन है वो पीरियड स्पैन सही तरीके से नहीं होता है वो स्पैन चेंज हो जाता है अगर बॉडी अगर अगर हमारा पीरियड स्पैन चेंज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर जो फर्टिलिटी का जो चांसेस है वो कम होने लग जाते हैं सो so, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है अगर किसी पर्सन का वेट ज्यादा है ओबेस की तरफ है तो उनको पहले ध्यान देना है कि अपना वेट लॉस करे उसके बाद उनको ट्रीटमेंट लेना है फर्टिलिटी को लेकर अदरवाइज डायरेक्ट फर्टिलिटी को लेकर ट्रीटमेंट लोगे तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिले एंड जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं इट टू डिप्रेस हमें एक डिप्रेशन आता है कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है सेम विथ मेल आईवुड से मेल्स के लिए भी सेम चीज है हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडीज में इश्यू आते हैं अगेन उनका सेक्शल डिजायर भी कम होता है अगेन उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है वो भी प्रॉपरली काम नहीं करती है सो ओबेसिटी ओबेसिटी कम करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट सबके लिए बहुत सारी हेल्थ कंडीशन को मेनटेन करने के लिए हमारे ये देखो अब हम माइग्रेन की बात करते हैं माइग्रेन एक तरह का हेडपेन है राइट right? तो ये भी जो हेड पेन है जो या तो आपको सेमी सेमी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पे कभी कभी कभी कभी होता होता है है है आपको एक एपिसोड वाइज मतलब मतलब आ रहा एपिसोड वाइज की अगर हम बात करें मतलब कि आपको ये महीने के हर पंद्रह दिन हो रहा है हर दस दिन में हो रहा है इसे हम कहते हैं तो so ये भी एक रीजन है अगर हमारी बॉडी का वेट ज्यादा है तो ये भी एक रीजन है बिकॉज वेट ज्यादा होने से हारमोन हारमोन जो हमारे हैं वो इंबैलेंस रहते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते पीसीओडी को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है और ये जब सारी प्रॉब्लम हो रही है हमारी बॉडी में विच लीड्स अगेन टू माइग्रेन बिकॉज ये सारी चीजें हमारे हार्मोन के साथ कनेक्टेड होती है सो so, हमें इस पर भी ध्यान देना है नी पेन ऑबियसली हमारी अगर बॉडी का वेट ज्यादा है तो हम दिन भर की जो हमारी डेली एक्टिविटीज है जैसे स्टेप्स पे चढ़ना उतरना कुछ झुककर चीज लेना नीचे से फ्लोर से बैठकर खड़ा होना ये जो बेसिक एक्टिविटीज होती है ये एक्टिविटीज भी हम नहीं कर पाते अगर हमारा वेट ज्यादा है और इसकी वजह से जब हमें नी पेन शुरू होता है एंड बिलीव मी इट डजेंट मैटर कि आपकी एज क्या है नाउडेज अगर हम नी पेन की बात करें तो यंग बच्चों में भी दिखते हैं यंग पर्सन में भी ये चीजें दिखती है एंड रीजन uh, हो सकता है कि हमारा वेट ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली हमारा लेग्स है हमारी नी जो है वो कॉन्स्टेंटली उस वेट को कैरी कर रही है राइट right? सो so, इस चीज पे भी हमें ध्यान देना है कि आ, काफी सारी चीजें हैं जो वेट से हमारी बॉडी में कनेक्टेड होती है हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है और हम सिर्फ उस उस चीज का अगर हम सिर्फ नी पेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि हम ये नी पेन हमें किस लिए हो रहा है सो so, हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे या तो बहुत स्लो मिलेंगे सो इट्स बेटर कि हम उसके रूट कॉज पे जाए कि क्या रीजन हो सकता है एंड कई बार अगर आप किसी डॉक्टर को मिल रहे हो डॉक्टर को अगर वो चीज अगर आप सारी चीजें प्रॉपरली नहीं बताओगे तो हो सकता है कि उनको वो चीज पकड़ में ना आए डॉक्टर से सारी चीजें आप डीप में डिस्कस करो एंड जब आप डीप में डिस्कस करोगे वो खुद सामने से आपको कहेंगे हाँ वेट लॉस भी आपको करना है और उसकी वजह से आपका नी पेन कम होने लग जाएगा सो अंडरस्टैंड दिस थिंग नेक्स्ट अगर आप बात करें जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि पीसीओएस की प्रॉब्लम पीसीओडी की प्रॉब्लम ये आज की डेट में बहुत कॉमन है हर फिफ्थ फीमेल के अंदर ये चीजें दिखती है ये हार्मोनल की वजह से होती है पीरियड इरेग्युलर की वजह से होती है एंड पीसीओडी की अगर मैं बात करू दिस विल लीड इसका जो नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत जल्दी आता है इसका नेक्स्ट स्टेप वो है इनफर्टिलिटी मतलब ये सीधा फर्टिलिटी के ऊपर जाकर हमारा इफेक्ट करता है सो so अगेन हमें पीसीओडी जो हमारी है उसे तरीके से करना है और उसको उसके लिए बेसिक यही है कि कि हमारा हमारा वेट वेट सही होना होना चाहिए कि हमारा वेट चाहिए मैनेज अब ये चीज है ना हमने कई बार जो जो फीमेल्स पतले हैं जिनका वेट सही है वो दिखने में वेट सही है लेकिन फिर भी उनको पीसीओएस की या पीसीओडी की इश्यूज होती है इसका रीजन ये भी हो सकता है कि उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन ज्यादा है जिसकी वजह से उनको पीरियड्स का इशू हो रहा है और लेकिन उसका रीजन फाइंड आउट करना जरूरी है बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ये आ, स्किन को लेकर इशू क्रिएट करती है एजिंग दिखाना शुरू कर देती है पिगमेंटेशन बहुत जल्दी आते हैं किसी को सीओडी का इश्यू है बालों की इशू आना शुरू हो जाते हैं एंड फेस पे जो झुरियां होती है यंग एज से मतलब पर्सन 30-35 के होंगे लेकिन अगर उनको देखोगे तो वो आपको 45-50 के दिखेंगे वो पर्सन तो रीजन यही है कि उनकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सही तरीके से बॉडी में प्रोटीन जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और ये सारी प्रॉब्लम्स को लीड कर रही है सो so, इस पर भी ध्यान देना है और ये एक बड़ा रीजन है वेट लॉ वेट क्स्ट so अगर हम बात करें बच्चों की देखो अः बच्चों का अगर हम बात करें फ्रॉम द एज ऑफ सेवन टू थर्टीन ये जो एज के बच्चे अगर ओवर वेट है तो इट इज सेट दैट ये डब्ल्यू एच ओ का कहना है कि ये बच्चों के अंदर पच्चीस साल तक पहुंचते पहुंचते इन बच्चों के अंदर हार्ट प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है हार्ट डिजीज बहुत कॉमन हो जाती है इनके अंदर आज की डेट में हम कई बार ऐसे न्यूज में सुनते भी है कि कोई ट्वेंटी इयर्स के हैं कोई ट्वेंटी टू ईयर्स के हैं कोई पच्चीस के हैं कोई तीस के इतने यंग एज के हैं लेकिन हार्ट इशूज की वजह से उनकी डेथ हो गई है सो so, इस चीज पे भी ध्यान देना है कि ओबेसिटी जो चाइल्ड की है जो बच्चे की ओबेसिटी है वो फ्यूचर में जाकर वो डिजीज हार डिजीज में टर्न होने ही वाली है ओबेसिटी लीड्स टू ओबे टू लेस कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली अगर हमारी uh, अगर हम ओवरवेट हैं, तो कई बार हम अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते और वो हमें एक इनसिक्योरिटी एक वाली या लेस कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग देते हैं कहीं पर अगर कोई पर्सन हम कहीं पर गए हैं कोई गैदरिंग में गए हैं जहां पर हमने सबके सामने हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ हो जाती है कि वो पर्सन अच्छे दिख रहे हैं वो पतले हैं अच्छे कपड़े पहने हैं कॉन्फिडेंस लेवल है। तो हमारा मन करता है कि भाई काश हमारी बॉडी ऐसी होती तो हम भी ये सब पहन पाते तो ये भी एक है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है लेकिन अगर हमारी बॉडी शेप में है अगर हम अबेस्ट नहीं है इंटरनली हेल्दी है फिजिक हमारा सही है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा रहता है तो अः नाउ लेट्स फाइंड आउट कि इसकी रीजंस क्या है वो तो कहते हैं ना कि uh, ये जो फिगर आप आप जो देख रहे हो राइट नाउ स्लाइड पे कि इंसान बंदर से एक तरीके से इंसान बना था वो धीरे धीरे करते करते हमने अपनी हमने खुद से अपनी लाइफस्टाइल ऐसी चेंज कर ली कि हमारी फिजिक कहाँ से कहाँ पर चेंज हो गई है इट्स बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल लेट्स अंडरस्टैंड की ओबेसिटी के रीजन क्या है और किस किस रीजन से हमें ओबेसिटी uh, हो सकती है या हम कह सकते हैं कि हम ओवर किस किस तरीके से होते हैं हैं देखो first thing, genetic matters. हमारी जो genes है है है है ठीक वो वो करती अगर parents का ज़्यादा तो तो कि बच्चे भी तो वो भी होंगे किसी पेरेंट्स के अगर पेरेंट्स पतले हैं बॉडी लीन है बॉडी uh, शेप में है सो ऑटोमेटिकली जीन्स मैटर्स वो बच्चे ऑटोमेटिकली uh, एक लीन रहेंगे पतले रहेंगे राइट बिकॉज right? हम कहते हैं ना कि uh, ये जीन्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि कई बार आ, किसी पर्सन ने मतलब वो For एग्जाम्पल अगर दादाजी आज नहीं भी है लेकिन वो बच्चा दादा के जाने के बाद बॉर्न हुआ है अगर दादा के जींसारी स्पेंड कियामें आती है राइट तो जींस प्ले द तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो जीन्स है ये टेन परसेंट हमारी बॉडी पे काम करती है और ये टेन परसेंट को हम रिकवर कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि कोई पेरेंट्स ओबैस है तो अगर बच्चा है वो भी ओबैस ही होगा अगर वो अपना लाइफ पे ध्यान दे रहा है अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है कंप्लीटली तो वो इसे चेंज भी कर सकते हैं सो डेफिनेटली जीन्स की वजह से वेट आता तो है हमें वो जीन्स मिलती तो है लेकिन ये रिवर्स हो सकता है इट इज रिवर्सेबल नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिकेशन जैसे हम कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं कोई ऐसी डायबिटिक मेडिसिंस होती है फिर एंटी डिप्रेशन मेडिसिंस होती है कुछ ऐसी मेडिसिंस हम ले रहे हैं जो हमारी बॉडी में जाकर हमारे वो कहते हैं ना कि ये हमारे ब्रेन को सही तरीके से आ, काम नहीं करने दे रही है हमारा मेटाबोलिज्म पावर कम हो रहा है हमारी एपिटाइट इंक्रीज हो जाती है राइट अगर ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी एक रीजन है वेट लॉस वेट गेन करने का सो so, इस चीज पर भी आप ध्यान दो कि आप क्या मेडिसिन ले रहे हो कई बार डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये मेडिसिन अब आपको लाइफ लेनी है है है राइट डायबिटीज की होती है, होती थायराइड में में देन बहुत सारे हार्ट ब्लड प्रेशर में तो आप उस चीज को देखो कि ये मेडिसिन लेने से क्या आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या आपका वेट स्टैगनेंट हो गया है या आपका वेट गेन हो रहा है क्या आपकी बॉडी में हो रहा है See, we need to हम हर चीज समझते हैं लेकिन कई बार हम अपनी बॉडी को ही नहीं समझते हैं और हमारी बॉडी एक ऐसी जगह एक ऐसा प्लेस है जिसमें हमें लाइफ लॉन्ग जब तक हम जीवित है हम इसी बॉडी में रहने वाले हैं राइट सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आर बॉडी वेरी वेल तो ये चीजें समझिए कि जो जो भी आप मेडि, मेडिकेशन ले रहे हो या जो मेडिसिन आपकी चालू है वो क्या क्या है वो किस तरीके से आप ले रहे हो क्या वो एक रीजन है आपकी बॉडी के अंदर वेट बढ़ने का नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है एडिक्टेड शुगर से कि बस मीठा चाहिए ही एनी हाउ इससे क्या होता है ना कि जब हम मीठा कंज्यूम करते हैं तो हमारे हॉर्मोन्स हैं हमारे बॉडी के जो बायोकेमिकल्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं एंड वो हमारे वेट गेन की तरफ जाते हैं जो हमारा वेट गेन बढ़ना शुरू होता है बिकॉज ये जो शुगर हम इनटेक कर रहे हैं वो शुगर स्ट्रेट फैट में कन्वर्ट होता है वो, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है. हम जो भी खाना खा रहे हैं अगर हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो खाना खाने में लेकिन अगर वो खाना फैट्स कन्वर्ट हो हो रहा एनर्जी के बदली तो हम हम वेट गेन करने वाले हैं और आइटम्स में ये चीजें देखी गई है कोई भी हो, चाहे की की बात करे, कोक की बात करें करें कोक आइसक्रीम चॉकलेट किसी भी चीज की आप बात करो जिसमें शुगर है उससे वेट गेन होता है सो अंडरस्टैंड दिस थिंग और अपनी शुगर क्रेविंग को कम करिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है जैसे हमने कुछ देर पहले बात की थी आप गुड़ ले सकते हो आप हनी ले सकते हो उससे आप अपनी शुगर क्रेविंग को आप कन्वर्ट करो मतलब आप अपनी शुगर की बदली उनको लेना शुरू करो और शुगर को जितना हो सके कम करिए अगर हम बात करें जंक फूड की देखो आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम कई बार खाना खाने के लिए खाते हैं हम खाने में न्यूट्रिशन नहीं देखते हम खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं राइट और यही चीज हमारे फैट में कन्वर्ट होती है <laughs> अभी जैसे हम अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज की बात करें जितनी भी जैसे इटाली है जैसे यूरोपियन कंट्रीज है यूएस वगैरह है अगर इनकी बात करें और अरबिन अरबिक कंट्रीज भी गल्फ वगैरह में भी इनके मॉर्निंग के फूड के अंदर चीज होता है अब कई बार हमें लगता है कि चीज इज नॉट गुड फॉर आर बॉडी कि चीज अच्छी चीज नहीं है लेकिन अगर हम छोटे क्वांटिटी में कम क्वांटिटी में कभी कभी चीज मॉर्निंग में खा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वो हम दिन भर की एक्टिविटी में वो चीज बर्न हो जाएगा लेकिन इसी को अगर हम रात को खा रहे हैं ठीक है इन फॉर्म ऑफ ब्रेड्स इन फॉर्म ऑफ बर्गर्स पिज्जा अगर इस तरीके से, से खा रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमारी बॉडी में फैट्स क्रिएट करेगा और हाई लेवल का फैट बिकॉज़ ये जो बनी जाती है चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हो पिज़्ज़ा हो बर्गर हो ये बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट एंड शुगर मिक्स करके बनी जाती है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है जो हमें ओबेस्ट की तरफ लेके जाती है सो अंडरस्टैंड दिस थिंग की जंक फूड इसको जंक फूड नाम क्यों दिया गया है ये जंक है ये अच्छा नहीं है ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है देखो आ, हम ये नहीं कह रहे कि हम एक आ, साधु की तरह लाइफ जिए या बिल्कुल इसको बंद कर दे कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है हम कहीं बाहर गए कुछ खाने के लिए नहीं है तो हमने ले लिया राइट आप खाइए लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए वंस इन अ मंथ टू अ मंथ उतना होना चाहिए और कोशिश करो कि आप मॉर्निंग के पार्ट में खाओ इवनिंग में ना खाओ राइट इवनिंग में हेवी फूड बिल्कुल भी इनटेक ना करो ताकि वो डाइजेशन के लिए आपकी बॉडी को टाइम मिले नॉर्मली क्या होता है ये सारे जो जंक फूड है इस तरह के आइटम्स हम इवनिंग में खाते हैं रात को खाते हैं एंड देन वी गो टू स्लीप अब वो जो फूड हमने खाया है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्ग फूड खाया है और सेकंड थिंग रात को खाया ये दोनों चीज बहुत ही खराब है अब डाइजेशन का टाइम नहीं मिला है बॉडी को बॉडी को बिल्कुल भी और हम सो गए अब सोने से क्या होता है हमारे हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स भी उस वक्त रिलैक्स करते हैं तो डायजेशन बॉडी में प्रॉपर नहीं होता उस वक्त और जब डाइजेशन नहीं हो रहा है वो फूड पड़ा है हमारी बॉडी में वो एनर्जी में कन्वर्ट कभी भी नहीं होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ फैट्स में कन्वर्ट होगा और फैट्स में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली हम ओबेस होने वाले हमारा बढ़ने वाला है इसके अंदर राइट right? बिकॉज ये जो फैट है वो गुड फैट नहीं है जब हमने घी की बात की थी, घी इज अ गुड फैट वो एक अच्छा फैट है राइट right? जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है लेकिन ये फैट हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं इन फैट हमारी बॉडी को बेस्ट बनाता है स्ट्रेस देखो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है हम स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते है. किसी को डायबिटीज है हम डायबिटीज मेजर कर लेंगे हार्ट इशू है तो वो भी उसकी भी मशीनें हैं मेजर हो जाता है हमें थायराइड है हमें हाई बीपी लो बीपी सब मेजर हो जाता है लेकिन स्ट्रेस एक ऐसी चीज है ना कि बंदा सामने से हंसता हुआ दिख रहा है लेकिन वो अंदर से स्ट्रेस में है तो वो हमें नहीं पता चलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है बिकॉज क्या होता है ना जब हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होता है हमारी बॉडी अनकम्फर्टेबल होती है एंड जब हमारी बॉडी अनकम्फर्टेबल होती है ना तो हमारी बॉडी है ना मीठे की तरफ जाती है मतलब कुछ मीठा खाना है ताकि हम अच्छा फील करें क्योंकि क्या होता है जब हम मीठा खाते हैं ना तो हमारी बॉडी के अः रिलीज होते हैं जिसे हम कहते हैं गुड हॉर्मोन्स वो रिलीज होते हैं ठीक है थीके? तो हमें कुछ समय के लिए अच्छा फील होता है हमें अच्छा लगा प्लेजेंट लगा हमें लेकिन वो कुछ समय का ही है लेकिन वो हमारी बॉडी में बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है सो इस चीज पे ध्यान देना है कि हमारा स्ट्रेस लेवल स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हो उस सिचुएशन जो जिस सिचुएशन में आपको स्ट्रेस फील हो रहा है जो प्लेस पे आपको स्ट्रेस फील हो रहा है उस प्लेस से अपने आप को कट ऑफ कर लो आप एक अच्छे गार्डन में जा सकते हो बीच पे जा सकते हो जहाँ पर आ, कहीं पर ग्रीनरी है वहां जा सकते हो जहां से आपको कंफर्टेबल फील हो आपको अच्छा फील हो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस जो है वो कम होने लग जाएगा राइट सो अंडरस्टैंड दिस थिंग ओल्सो कि स्ट्रेस की वजह से भी हमारा वेट गेन होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज राइट अभी अः जैसे अगर हम फिर से बात करें लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन में देखा जाए तो नाइन्टी परसेंट लोगों का यही यही था कि भाई लॉकडाउन में घर बैठे बैठे वेट बैट गेन हो गया बिकॉज ऑबियसली फिजिकल एक्टिविटीज नहीं थी घर से बाहर जा नहीं रहते घर के बाहर तो पुलिस खड़ी थी राइट right? हमारी एक्टिविटीज कम्पलीटली बनती हो घर में हम कर करके भी कितनी एक्टिविटी कर लेंगे चलो घर में जिनके पास ट्रेडमिल है वो ट्रेडमिल पे वॉक भी कर लेंगे लेकिन कितनी एक्टिविटीज और कर लेंगे कुछ समय के बाद तो वो भी करने का मन नहीं करता है राइट right? सो so, अपनी डेली uh, हैबिट के अंदर एक्टिविटीज को एड करो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड जो वर्किंग पर्सन होते हैं उनके लिए टाइम uh, निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है सो आई वुड सजेस्ट कि द बेस्ट पार्ट क्या है जैसे आप अपने डेस्क पे बैठे हो काम कर रहे हो तो मेक अ हैबिट कि हर एक घंटे के बाद में आप 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ 10 मिनट के लिए आसपास में वॉक कर लो या तो खड़े खड़े काम कर लो मतलब अपने जो प्लेस है डेस्क है अपनी चेयर है चेयर छोड़ो वॉक करो खड़े हो जाओ आप अपने खड़े हो के काम कर सकते हो अपने डेस्क को अगर आपकी डेस्क के ऊपर ऐसा कोई पोजीशन है कि आप उसको ऊपर कर सकते हो हाइट बढ़ा सकते हो तो खड़े होके काम करो जहां पर आप लिफ्ट ले रहे हो ऑफिस जाने के लिए घर जाने के लिए लिफ्ट के बदलिए आप स्टेरकेस लेना शुरू करो छोटी छोटी एक्टिविटीज है उसको इन्वॉल्व करो मॉर्निंग का जो टाइम आपको मिलता है मॉर्निंग में बेसिक योगा एक्टिविटीज को आप ऐड करो चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या मैं कहूँगी सूर्य नमस्कार है बेस्ट है मैं तो कहूंगी बेस्ट है सूर्य सूर्य नमस्कार अगर हम अपने डेली हैबिट्स में एड करें तो अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो दिन में दस से बारह सूर्य नमस्कार कर रहे हो वो आपकी को स्ट्रेचिंग भी देता है आपकी बॉडी को एक फिजिकल एक्टिविटी भी बनती है और पूरी बॉडी कम्प्लीटली हेड टू टो आपकी उसके अंदर काम करती है, so, calories, खाली इनटेक करना ही नहीं लेकिन कैलरीज को बर्न करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है so, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि सिर्फ फूड ही नहीं लेकिन एक्सरसाइज भी दोनों का बैलेंस लेके होना चाहिए अब वो फिजिकल एक्टिविटीज हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास कितना समय और किस तरीके से कर सकते हैं But physical एक्टिविटी इज अ मस्ट पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप नींद प्रॉपर नहीं मिलना वो भी एक रीजन है देखो देखो क्या होता है जब हम uh, जब हमें नींद नहीं आ रही है ठीक है जब हम लेट नाइट जाग रहे हैं नींद नहीं आ रही तो हमें हम क्या करते हैं हमारे अंदर अः uh, खाना खाने के लिए मन करता है बार बार ऐसे एपेटाइट हमारी बढ़ जाती है अब ये अब वो खा लूं हम खाना खा चुके हैं फिर भी दो तीन घंटे के बाद फिर कुछ खाने का मन करता है एंड वो जो टाइम है ना रात का उस वक्त हम ये कैलकुलेट नहीं करते कि हम क्या खा रहे हैं या क्या खाना चाहिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि बस कुछ भी मिल जाए जो चीज सामने पड़ी है वो मिल जाए बिकॉज ऑब्वियसली रात का समय हम कुछ ज्यादा एक्टिविटी करेंगे किचन में कुछ बनाने वाले नहीं है राइट right? वो हम नहीं करने वाले हमारे पास जो रेडी इन हैंड है वो हम खा लेंगे है? है, है, कुछ कोल्ड ड्रिंक के बॉक्सेस फ्रिज में पड़े वो मिल जाते हैं इस तरह की चीजें मिल जाती है जो हमें वेट गेन होती है हमारी तो इस चीज पे भी हमें कॉन्स्टेंट ध्यान देना है एंड स्लीपिंग इज अ मस्ट बिकॉज रात को जितना हम अच्छे से सोएंगे हमारी बॉडी सही तरीके से फंक्शन करती है अगर हम सोई नहीं रहे आज एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा था अः इंस्टाग्राम पे बहुत छोटा सा रील थी बेसिकली वो एंड वो सिर्फ स्लीपिंग को लेकर ही थी बहुत अच्छे से वो लेडी ने बताया कि सिर्फ सोने से एक प्रॉपर स्लीप सेवन टू एट आवर्स स्लीप प्रॉपर लेने से आप अपनी बॉडी का वेट लॉस कर सकते हो बिकॉज जाग कर आप अपनी बॉडी को एक तो स्ट्रेस में दे रहे हो फालतू तो चीजें खा रहे हो एंड आपको स्लीपिंग टाइम कम मिल रहा है जितना रेस्टिंग टाइम बॉडी को मिलेगा तो बॉडी के जो जिसे हम कहते हैं ना बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जब हम सोते तो वो काम करते हैं बॉडी को हेल्थी रहते हैं तो उनको काम करने का समय ही नहीं मिलता क्योंकि हम तो जाग रहे हैं राइट right? कॉन्स्टेंटली जाग रहे हैं तो उनको समय दो सही तरीके से जब वो सही तरीके से काम करेंगे तो वो बॉडी में डाइजेशन सिस्टम पे भी काम करेंगे इम्यूनिटी सिस्टम पे भी काम करेंगे हमारी स्किन पे भी काम करेंगे इन सब पे काम करेंगे सो स्लीपिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट हमारी मोबाइल की वजह से रात तक लेट तक हाथ में रहने की वजह से कई बार रील्स पे रील देख रहे यूट्यूब पे, पे वीडियो पे वीडियो देख रहे हैं कई बार हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि हम कितना टाइम स्पेंड कर दिए फिर अचानक घड़ी पे ध्यान जाता है कि अरे दो बज गई अरे तीन बज गई फिर हम सोने जाते हैं फिर सुबह उठना है वही टाइम पे छह बजे सात बजे सो ये जो रूटीन हमारा है ये हमें डिस्टर्ब कर देता है इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एंड बिलीव स्किन की प्रॉब्लम इसी की वजह से होती है मेजर Major, मेजरली मैंने देखा है स्किन की प्रॉब्लम पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बालों की प्रॉब्लम ये भी होती है स्लीपिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट सोचो कितना कितनी इजी एक्टिविटी है स्लीपिंग जिससे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो आपका वेट लॉस होना शुरू होगा अगर आप अच्छी नींद ले रहे हो तो अच्छा। हार्मोनल इंबैलेंस डेफिनेटली हमारा अगर हार्मोन सही नहीं है तो वो हमारी एपेटाइट को इंक्रीज कर देता है और जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म पावर जो है ना वो बॉडी का कम हो जाता है और ये जो मेटाबॉलिज्म पावर होता है ना ये हमारी बॉडी का फैट बर्निंग होता है जिस पर्सन में जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म पावर होता है वो उसका बॉडी का फैट उतना ज्यादा बर्न होता है जैसे हम कई बार देखते हैं कि पर्सन दुबले पतले है अच्छा खासा खा रहे हैं मतलब कंपेयर टू अदर पर्सन वो अच्छा खासा खा रहे हैं रोटियां खा रहे सब कुछ खा रहे हैं लेकिन भी वेट गेन नहीं कर रहे वो राइट उनका बॉडी वेट वैसा का वैसा है रीजन यही है कि, कि उनका जो मेटाबॉलिज्म पावर है बॉडी का वो अच्छा है वो स्ट्रॉन्ग है ठीक है तो वो स्ट्रॉन्ग तभी रहेगा जब हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस में रहेंगे हमारी एपेटाइट जो है वो सही रहेगी तभी जाके मेटाबोलिज्म पावर जो हमारा वो सही रहेगा जिससे हम वेट को कंट्रोल कर सकते हैं अभी आज जिस सेशन के लिए हम स्पेशली मिले हैं यहाँ पर वेट मैनेजमेंट के लिए तो जिस जिनकी जिस सिस्टम के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली जो प्लान है जो वेट लॉस प्लान है ये एक डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है ये आपकी बॉडी के अंदर से देखो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो चीज खराब है जो टॉक्सिंस है हमारी बॉडी में उसको बाहर निकालना डिटॉक्सीफिकेशन वो टॉक्सिन्स को बाहर फ्लश आउट करना ये अगर वो बॉडी में से टॉक्सिन फ्लश आउट होते हैं तो हम हमारा वेट को मैनेज कर सकते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी अच्छी रहेगी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा हमें किसी एलर्जी रिएक्शन कम हो जाएंगे हमारा ग्लूकोस लेवल मेंटेन होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होता है ब्लोडिंग की इशू है वो कम हो जाती है स्लीपिंग क्वालिटी हमारी बढ़ जाती है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और स्टमक इन्फेक्शन सॉरी इन्फ्लमेशन जो समक का इन्फ्लेमेशन है वो हमारा सही होता है समक इंफ्लेमेशन का मतलब ये है जैसे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एसिडिटी की इशू ये सोयो सारी इशूज ये हमारी बेटर होने लग जाती है अब हम सब चाहते हैं कि हम ये सब तरह की प्रॉब्लम से निकलें, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करें सो माई डियर फ्रेंड्स जिस डिटॉक्सीफिकेशन प्लान की हम बात कर रहे हैं जिस वेट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं उस वेट मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें ये सारी की सारी चीजें अचीवेबल है एंड बिलीव मी ये सारी की सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अचीवेबल है कई बार हम मार्केट में जो डिटॉक्सीफिकेशन सिस्टम है लोग सालों सालों यूज कर रहे हैं उनसे, जैसे स्मूथीज़ पी रहे हैं जैसे अलग अलग तरह के वेजीज़ को ऐड करके वो जूसेस बना रहे हैं घर पे लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी उनसे इफेक्ट नहीं है उनसे डेफिनेटली डिटॉक्सफिकेशन होता है उनसे लेकिन उस लेवल का नहीं होता जो लेवल का रिजल्ट हमें चाहिए होता है वो आप सालों सालों यूज करोगे तब जाके आपको छोटे मात्रा में रिजल्ट मिलता है यहाँ पर जो रिजल्ट आपको है वो बहुत फास्ट अचीवेबल है एंड साथ में आपकी बॉडी का जो मैं कहती हूँ uh, uh, सिर्फ फील नहीं लेकिन दिखना भी चाहते कवर करते हुए होता है अदरवाइज अगर हम मार्केट का वेट लॉस मैनेजमेंट की बात करें बहुत सारे ऐसे वेट मैनेजमेंट प्लान है जो यूज करने से हो सकता है महीने दो महीने में रिजल्ट मिल जाए लेकिन बिलीव मीन स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी किडनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बाल जड़ने शुरू हो जाते हैंस है, है, तो दिखा है, कि स्किन में एक एजिंग मतलब पर्सन बड़े उम्र का दिखने लग जाता है चाहे उसने बॉडी मेंटेन जरूर कर लिया है लेकिन वो वो चमक नहीं रही वो ग्लो नहीं रहा जो कहते ना वो एक, ग्लो होता है चेहरे के ऊपर वो ग्लो नहीं आ उस पर्सन के तो वहां पर बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट फ्यूचर में और क्रिएट होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी और उसको जब हम रेक्टिफाई करने जाते हैं। हैं, तो अगेन आपका जो वेट जितना आपने मैनेज किया है वो वापस से गेन हो जाता है सो so, इस तरह का सिस्टम ये नहीं है ये सिस्टम जो है वो बड़ा ही अच्छे तरीके से काम करने वाला सिस्टम है कि ये आपको आपकी स्किन को भी इंप्रूव करेंगे बिकॉज मैंने खुद ने इसे पर्सनल लेवल पे यूज किया जब मैंने रिजल्ट देखे इसके मावलेस रिजल्ट है एंड काफी समय हो गया है मुझे ये यूज करके आ, लेकिन अभी तक मैंने वो जो वेट लॉस मैंने किया था अराउंड सेवन टू एट के किया था वो वेट लॉस मैंने अभी तक वापस मेरा गेन नहीं हुआ है एंड मैं कर रही हूँ बात ऑलमोस्ट एक साल पहले की So, आप देखो कि इतने समय के बाद भी वो वेट गेन नहीं हुआ है मुझे एंड ना ही मेरे स्किन में इश्यू आए हैं ना ही बालों में इनफैक्ट बॉडी में बहुत सारी ऐसे इंप्रूवमेंट हुए जो मैंने सोचे भी नहीं थे कि ये इंप्रूवमेंट मुझे एक वेट वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम से मुझे मिल सकते हैं राइट right? एंड uh, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जो जहाँ जिस सिस्टम का हम पार्ट है ये जो जिन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की है ये एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं हेल्थ को लेकर वेलनेस को लेकर स्किन को लेकर एंड मैं कहूंगी वेट को लेकर वेट मैनेजमेंट हमारा यूएसपी है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है अभी हम उन्ही की बात ये बेसिकली सी नाइन का मतलब है कि क्लीन इन नाइन डेज नौ दिन के अंदर हमारी बॉडी से क्लेंजिंग करता है ये हमारी बॉडी को एक कहते हैं ना जंप स्टार्ट हो होती है हमारी बॉडी स्लिमर होती है हेल्थियर होती है ये हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन उसको मात्र नौ दिन में क्लीन करता है ये ये पूरी किट है जिसके अंदर पांच तरह के प्रोडक्ट आते हैं वो प्रोडक्ट एक सिस्टम के हिसाब से लेने हैं कितने डोजेज है वो सब कुछ एक कैटलॉग आपको मिलती है उस कैटलॉग में वो कम्प्लीट डोजेज है आपको हमारी हमारी तरफ से एक वन ऑन वन ट्रेनर भी मिलते हैं जो आपके साथ में ट्रैकिंग भी करते हैं किस तरीके से आप ले रहे हो और इन नौ दिनों में क्या सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो देखो हमारे लिए वेट मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मतलब वेट लॉस से ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट हो बिकॉज ये जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर है ये टॉक्सीन्स किसी भी चीज से हो सकते हैं हम जो बाहर की जो जो हम हवा लेते हैं जो बाहर का पॉल्यूशंस uh, होती है राइट right? उससे भी हमारी बॉडी में जाते हैं टॉक्सिंस। हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं देखो आज की डेट में हमें लगता है कि हमने बाउल भर के सब्जी ले ली फ्रूट ले लिया ले, लेकिन उस सब्जी और फ्रूट के अंदर वो वो प्रोटीन नहीं मिल रहा है वो हमें एनर्जी नहीं मिल रही बिकॉज वो किस तरीके से उगाई गई है उसमें किस तरह के केमिकल्स है हमें नहीं पता है राइट right? और उससे उतना जितना जितना हमें मिलना चाहिए एनर्जी जितनी प्रोटीन जितनी विटामिन मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है राइट right. सो so, ये उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आते हैं बिकॉज ऑब्वियसली आज के डेट पे साई सब्जियां पेस्टिसाइड से उगाई जा रही हैं वो भी एक रीजन है सेकेंड अगर मैं बात करूं हमारे हमारे खाने में जो हम बाहर का खाना खाते हैं उसमें भी बहुत सारी टॉक्सिन्स होती है तो बहुत अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में आ तो जाते हैं लेकिन उसके फ्लश आउट करना बहुत जरूरी है एंड यहाँ पर अगर इन प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है वर्ल्ड की जो भी बेस्ट सील्स है वो सारी की सारी इन प्रोडक्ट्स को मिली हुई है ये पांच जो प्रोडक्ट है ये हमारे वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं अगर हम मैं एलोवेरा की बात करूँ तो ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लैश आउट करता है डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है आर जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए काम करती है हमारी बॉडी को जितना भी पूरे दिन भर में जितना भी हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए वो पूरा कवर अप करता है प्रोटीन हमारे लिए बहुत है एंड हमारे इंडियंस में ये चीज है कि हम प्रोटीन की ज्यादा ध्यान नहीं देते हमारे स्पेशली uh, अगर मैं कहूँ वेज डाइट में वेज डाइट के अंदर प्रोटीन बहुत कम मिलता है और कई बार हम जब डाइट पे जाते हैं तो हमारी बॉडी को जीरो, uh, जीरो प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन हेल्प करती है हमारी स्किन को ग्लो देने के लिए हमारी स्किन की हेल्दीनेस के लिए हमारी बा हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन बहुत आ, काम करती है जब हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ वेट लॉस नहीं हम चाहते कि मसल भी गेन हो उस वक्त ताकि हमारी बॉडी एक अच्छी शेप में भी आए उसके लिए भी प्रोटीन रिक्वायर्ड है बिकॉज़ मसल्स को सही तरीके से टोन करने के लिए प्रोटीन चाहिए फाइबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फाइबर कैसे है फाइबर हमारी बॉडी का जो आ, हमारे स्टमक में जो ब्लोटिंग प्रॉब्लम है इनडाइजेशन इश्यू है हमारा एसिडिटी लेवल बढ़ा हुआ है गैशियस प्रॉब्लम है इन सबको फाइबर क्लियर करता है गार्सिनिया की अगर मैं बात करूं तो गार्सिनिया गार्सिनिया जिसको हम नेचुरली नहीं खा सकते हैं। तो ये, लेकिन अगर हम बात करें वेट लॉस में ये बहुत ही हेल्पफुल है स्पेशली वेट लॉस से ज्यादा मैं कहूंगी हमारी एपिटाइट कंट्रोल करने में ये हमारी भूख को सबसाइड करता है मतलब हमारी भूख को कम करता है जहां पर आप तीन रोटियां खा रहे हो आप एक रोटी खाके आपको स्ट्रमक को फुल लगेगा कि हाँ मेरा पेट भर गया है राइट ये वाली फीलिंग आपको आती है और ये ये फीलिंग हमें मिलती है इस इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट से जो हमारी बॉडी को एनर्जी भी दे रहा है फैट को बर्न भी कर रहा है साथ साथ में हमारी बॉडी को फुलनेस वाली फीलिंग भी दे रहे हैं तो ये पांच प्रोडक्ट है जो हमें हेल्प करता है हमारे वेट मैनेजमेंट के अंदर और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है वेट मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं ये आप देख रहे हो ये मेरा खुद का है बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो गए थे उसके बाद हम किसी शादी फंक्शन वगैरह में गए वहां से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे सिर्फ नाइन डेज का है कई बार होता है ना कि जो हम वेट मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं या जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो महीने महीने फॉलो करते हैं और बिलीव मी, ह्यूमन नेचर है हमारे अंदर कंसिस प्रॉब्लम होती है हम कुछ दिन के बाद में हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है उसे फॉलो करना बहुत कम रेशो के लोग होंगे जो उस चीज को लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं देखो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ ठीक है थर्टी के बाद एक जनवरी को थर्टी को सारे पर्सन रेजुल्यूशन लेते हैं कि मैं अपने ये साल में वेट कम करेंगे एक तारीख को मैक्सिमम जिम में मेम्बरशिप जाती है राइट अब आप देखो जितने लोग मेंबरशिप लेते हैं उसमें से कितने लोग कंटिन्यू कर पाते हैं हार्डली रेशियो जाता है 1 जो साल के एंड तक टिकते हैं तो सेम वे यही हो जाता है हमारे साथ भी कोई अगर बहुत लंबा सिस्टम है जो सिस्टम हमें महीने भर फॉलो करना है दो दो महीने तीन तीन महीने फॉलो करना है तो so हमारी बॉडी एक टाइम पे आके गिवअप कर जाती है बिकॉज ऑब्वियसली हम आ, वो जिम uh, फ्रीक वाले पर्सन नहीं है ना हम कोई जिम ट्रेनर्स हैं जो इतने एक्यूरेट रहे इन सब चीजों को लेकर हमारी लाइफ में फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना भी होता है शादियां भी होती हैं, फंक्शन भी होता है हम पिकनिक पे भी जाते हैं वेकेशन पे भी जाते हैं वहां सब जगह पे देन ये चीज को फॉलो करना डिफिकल्ट होता है और जब दो तीन दिन का गैप आता है ना तो हम ऑटोमेटिकली गिवअप कर जाते हैं ये ह्यूमन नेचर क्योंकि ये चीज मैंने बहुत फॉलो कर चुकी हूँ मतलब अः डाइट प्लान बना चुकी हूँ रूटीन बना चुकी हूँ और इसको फॉलो करने का बहुत बार रेजोल्यूशन भी ले चुकी हूँ लेकिन मैं तीन चार दिन से ज्यादा कभी भी फॉलो नहीं कर पाई लेकिन ये सिस्टम मात्र नौ दिन का है जब हम अपने माइंड को इस नौ दिन के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये सिस्टम हमारे लिए फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है इससे रिजल्ट बहुत ड्रास्टिक है आपको यहाँ पर कुछ बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं जेन्यन पीपल के जिनको हम खुद पर्सनल लेवल पे जानते हैं पहचानते हैं उन्हीं की फोटोज वैसे देखा जाए तो मतलब मैं आपके सामने हजारों एग्जाम्पल ला सकती हूँ सी के रिजल्ट के लेकिन यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं आपको कुछ लोग यहाँ पर मिलेंगे जिनका वेट बहुत ज्यादा था कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनका वेट नॉर्मल था लेकिन फिर भी उनकी बॉडी के अंदर कितने अच्छे चेंजेस आए हैं इस वेट को फॉलो करने, करने से और सिर्फ आ, मैं कहूंगी वेट में ही नहीं उनके स्किन के अंदर ग्लो के अंदर टेक्सचर के अंदर सब में आए हैं एवरेज भी अगर हम बात करें ना तो एवरेज भी हम कहते हैं कि पांच से सात किलो नौ दिन में एवरेज वेट होता है देन डिपेंड करता है कि हमने हमने किस तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं अगर हमने वेट के साथ में देखो हम जब आपको वेट मैनेजमेंट देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें प्रोडक्ट कंज्यूम करने हैं हम आपको पूरा एक रूटीन साइकिल देते हैं कि आपको कितने बजे क्या खाना है आपको एक्सरसाइज कितनी करनी है ये सारे मैटर करते हैं बिकॉज सिर्फ खाना बंद करने से और सप्लीमेंट लेने से फर्क इतना रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा राइट बिकॉज बॉडी को जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बॉडी को फिर फैट्स को बर्न करने के लिए भी रिक्वायर्ड है मतलब फैट बर्न भी होना चाहिए आपने कैलोरीज इंटेक करना तो बंद कर दिया लेकिन जो पुराना फैट बॉडी के अंदर है वो कैसे बर्न होगा वो बर्न तब होगा जब हम फिजिकली भी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो राइट right? तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत ज्यादा हाई एक्टिविटी करनी है लेकिन मॉडरेट एक्टिविटी करने से भी आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं मतलब कई लोगों ने तो 11, 11, 15, 15 किलो भी वजन लॉस किया है इस नाइन नाइन दे, डेज के ट्रीटमेंट के अंदर एंड रिजल्ट uh, बहुत बेहतरीन है स्किन uh, के साथ जैसे मैं बिकॉज ऑब्वियसली एज अ फीमेल हमारे लिए अपियरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है uh, यस yes, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि लास्ट ईयर एक पर्सन ने 19 केजीज लॉस किया था इसी इसी सी को फॉलो करके सो आप देखो 19 केजीज तक रिजल्ट आता है इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितना उसपे एफर्ट्स लगा रहे हैं अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा एंड हम यही कहते हैं कि नाइन डेज के बाद अभी देखो लोगों को डिफिकल्ट है माई डियर फ्रेंड नाइन डेज फॉलो करना ही वो, वो, वो, वो, वो, हमारा अल्टीमेट टारगेट नहीं है लेकिन नाइन डेज के बाद आप क्या कर रहे हो नाइन डेज के बाद ऐसा नहीं की दसवें दिन फिर हम चले गए मैगड में, में चले गए डोमिनोज में और भाई पेड़ भर के खा लिया वैसा नहीं करना है देखो जब आपका वेट लॉस हुआ है बड़ी मुश्किल से जो सालों से हमने बॉडी के अंदर हमारे अ टॉक्सिन्स जमा किए थे फैट्स जमा किए वो बड़ी मुश्किल से निकले अब उससे मेंटेन करना है जैसे फॉर एग्जांपल हम सफेद कपड़ा धुलवाते हैं लॉन्ड्री से राइट कहीं दाग लग गया धुलवाते हैं फिर उसको संभालते हैं ना कि भाई दूसरी बार दाग नहीं लगना चाहिए दूसरी बार लॉन्ड्री में जाने का नौबत नहीं आनी चाहिए राइट हम करते हैं ना ऐसा तो है नहीं कि चलो कोई दिक्कत नहीं अब तो सफेद कपड़े पे कुछ भी गिरे चल जाएगा क्योंकि हमें तो लॉन्ड्री करवा ली ऐसे नहीं होता है राइट सो so, हमें उसे मेंटेन करना है एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर हमारा टारगेट यही रहता है कि सिर्फ आपको नाइन डेज तक ही हेल्प आउट नहीं लेकिन हम आपको हेल्प करें लॉन्ग टर्म तक ताकि आपने जितना वेट लॉस किया है वो वेट लॉस आपका लॉन्ग टर्म तक रहे और शायद यही रीजन है जो मैंने आठ किलो वेट लॉस किया था वो अभी तक मैंने गेन नहीं किया है मैं यही नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन वगैरह से कुछ फॉलो करती हूँ मॉडरेट रूटीन फॉलो रहता है, मेरा, है कितना अच्छा वेट लॉस किया है इसने सो so, यही चीजें है कि हम किस तरीके से हमारे वेट ट्रीटमेंट को लेके चल रहे हैं एंड आई वुड हाईली रिकमेंड गाइज की ये ये जो सिस्टम है ये सिस्टम आप एक बार मतलब आप छह महीने में एक बार अपनी बॉडी पे करो ये एक इन्वेस्टमेंट है believe me ये एक ऐसा investment है आपकी body के लिए जो आपको बहुत बड़ा return देके जाएगा and that return is जब आप वो age पे पहुंचोगे जब आप सिक्सटी plus सेवेंटी plus पे जब आप age पे पहुंचोगे ना that time you will realize देखो वैसे भी जैसे अगर मैं एक example की बात करूँ आज आपने कहीं invest किया ठीक है आपने gold में invest किया आपने कहीं uh, कहीं पर insurance में invest किया आपने कहीं पर कोई uh, property में invest किया वो आपको अभी तो नहीं देगा ना रिटर्न तो आपने जस्ट इन्वेस्ट किया है राइट वो आपको रिटर्न कब देगा पांच साल दस साल बीस साल बाद राइट बीस साल के बाद आप देखोगे वाओ, मैंने तो अः दस लाख इन्वेस्ट किए थे लेकिन आज देखो मेरे दस लाख का बीस लाख हो गया मेरा दस लाख का तीस लाख हो गया राइट ऐसे होता है ना या उससे भी ज्यादा रिटर्न आ है हमें राइट तो यही चीज है आज आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना शुरू करोगे अपनी बॉडी को सही तरीके से मेनटेन करना शुरू करोगे एंड दैट विल गिव यू लॉन्गर रिजल्ट आपकी आपका लाइफ स्टैन बढ़ता है और ये हमने देखा है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ज, जापान देश की ठीक है uh, मैं पहले ये स्लाइड uh, बंद कर देती हूँ ठीक है yes. यस अगर हम बात करें जापान की जापान के अंदर अगर देखा जाए इन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ एवरेज उनकी जो लाइफ स्पैन है लोगों की वो 100 से लेके एक साल की है कई लोग वहां पर एक साल पे भी गए हैं पच्चीस साल पे भी गए अभी रिसेंटली एक पर्सन है जिनका मैंने देखा था जो एक साल जी रहे और अभी भी जीवित आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है वो भी भी जीवित है